नामा, जयो गुढ़ नामा। जय गम सुधे नामा।, नामा। बैठ के जही राजोली में आए जम राज पलंग चढ़ी बैठी आग लगा दीहे चोली में आय जमो राज पलंग चरें बैठी आग लगा दीहे चोली में गामा नामा जबू घमनामा तुढ़ घुमनामा जबूँ घमनामा तुढ़ नामा बैठ के जही आद में हे आई जमुराज पलंग चढ़ी बैठी आग लगा दीह चोली में आय जमुराज पलंग चढ़ी बैठी आग लगा दीह चोली में बाप माँ तारी तो हर भाई हो के केहूँ नाकाम आई हो बाप माँ तारी तो हर भाई हो के केहूँ नाकाम आई हो साथ ना दी है संगीवो साथी साथना दी है संगीवो साथी लेके जाई सूरत गरीब में आय जमो राज आ लगा है चोली में जैूँ घमाना चुनिं घुमाना जैूँ घमाना चुढ़े घुमाना बैठ के जहिया गोली में छूट के साथी छूट के साथी नाच बु के ले जाई रसरी में छुट्टी है महल आचारि हो रह जाइ संपत्ति सारी हो छुट्टी हैं महल अटारी हो रह जाई संपत्ति सारी हो कितना सुखे लबू आख मी चोली कितना सुखो लबू आख मी चोली घूम के ले जाई नगरी में सुख के आखी जैबू पाठी के आठी अपन जैबू पाठी बन के लिए जाई रसरी आठी बन जेबू पाठी बान के ले जाई रसरी हे जेबू नामा सुधे घुमाना माँ जब गामा सुधे घुमाना माँ बैठके गोली में आई जमुरा जा चढ़ी बैठी आग लगा दे हे आयुराज पलंग चढ़ी बैठी आग लगा दी हैं चोली में आई जमुराज पलंग चढ़ी बैठी आग लगा दी हैं चोली में हे आई जमु पलंग चढ़ी बैठी आग लगा दी हैं चोली में